啊 uh... कुछ एम कराना बुलवा ले आना बतानी के कुछ बोल रहा है रे भाई बार बिकर गया हां ठीक है बस ठीक है देख रहे बनवा रेडी हो जाए और आप बता रहे हैं हमको बड़े हम करवाता करोगे पहले भाई भाई रे चल चल